एक बार फिर हम आप सब की सेवा थी। में एक, एक बहुत सुंदर भजन जिसमें लाचारी भी है प्रार्थना भी प्रार्थना है भी और बहुत सुंदर रचना की है हमारे सम्मानीय पुष्पेंद्र दुबे जी उर्फ कुमार सागर जो सागर निवासी हैं बहुत अच्छी एक अलग प्रकार की बिन्ती भाव इस भजन में है सुने कहे भगवान राम तुम्हारे चरणों में हूँ राम तुम्हारे चरणों में लेकिन मुझको पूजन का पता नहीं। शरण में तो है पूजा प्रार्थना अर्चना कुछ नहीं जानता क्यों तुम्हारे शरणों में मुझको पूजन का पता अरे कल क्या होगा वो तुम तो जानो कल क्या होगा वो तुम जानो मुझको जीवन का पता नहीं कल क्या होगा हो तुम जानो मुझको जीवन का पता नहीं तुम्हारे चरणों में मुझको पूजन का पता नहीं पवन कैसेट पठा टीकमगढ़ के माध्यम से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं बुंदेलखंड अच्छे कलाकार अभी खान है जहां कुछ लोग बहुत अति गंदगी लिख रहे हैं वहां ऐसे भी रत्न पड़े हैं बुंदेलखंड में हमारे सम्मानित पुष्पेंद्र दुबे और कुमार सागर इनकी किताब भी छपी है अलग बात है कि भगवान आपकी शरण है पूजा नहीं जानते हैं और कल क्या होगा ये भी नहीं जानते हैं क्या सुंदर विनती है आगवान, आगवान, आगवान। ये कलयुग है इस कलयुग में मति मंद हुआ मैं अज्ञान ये कलयुग है इस कलयुग में मति मंद हुआ मैं अज्ञान तुम ज्ञानवान तुम ज्ञान निधि तुम क्या ज्ञान के भंडार तुम ज्ञान बाल तुम ज्ञान तुम ज्ञान ज्ञान के भंडार और घट घट के तुम हो घट घट के हो तुम तो बासी क्या लीला तुम नहीं पता नहीं भट के हो तुम तो बासी या लीला तुम्हरी पता नहीं राम तुम्हारे चरणों में मुझको तो पूजन का पता नहीं प्रयास करते हैं कि आपका भजन कीर्तन तो हो जाए लेकिन ये कलयुग बहुत परेशान करता है महाराज कैसे मैं ध्यान लगाता हूँ में, मैं ध्यान लगाता हूँ तुम में, पर ध्यान भटक ही जाता है कलयुग बहुत परेशान करता है महाराज आपका भजन करने बैठे तो। मैं ध्यान लगाता हूँ तुम में पर ध्यान भटक ही जाता है और मन चंचल है ये इधर उधर दर्द की ठोकर खाता है जो अपने नहीं है उन्हें अपना समझ रहा है ये मन और आप अपने हो तो आपसे भटकता है बड़ी तो परेशान है मारा मन चंद है ये इधर उधर दर की ठोकर खाता है ए माया जाल में भटक गया ये हमारा ये हमारा ये नाते हमारे रिश्ते हमारे जमीन आयात हमारी जो हमारा नहीं है उसको हमारा समझ रहा है ए माया जाल में हटक गया मंजिल का मुझको पता नहीं ए माया जाल में फटक गया मंजिल का मुझको पता नहीं राम तुम्हारे चरणों में मुझको पूजन का पता नहीं हे भगवान आप ही बचा सकते हो इस की मार से। क्यों तुम दीपक हो ज्योति न्यारी तुम दीपक हो ज्योति न्यारी अंधकार तुम्ही से हारा है जो भा तुम्हें तो प्यारा है भगवान राम नाम जपने वाला राम नाम जपने वाला क्यों लगी लगन कुछ पता नहीं तू राम नाम जपने वाला क्यों लगी लगन कुछ पता नहीं हो शीतल चल हो तुम निर्मल हो शीतल हो पीकर आत्मा की प्यास बुझे तुम निर्मल हो शीतल चल हो पीकर आत्मा की प्यास बुझे इस जन्म मरण के चक्कर से मिलवे छुटकारा सदा मुझे भगवान मैं लीन हुआ श्री चरणों में और मैं लीन हुआ श्री चरणों में मुझ सोचे तन का पता नहीं तन का पता नहीं राम तुम्हारे चरणों में मुझको तो पूजन का पता नहीं आखिरी लाइन लिखा है हमारे सम्मानित पुष्पन दुबई जी कुमार सागर क्या भजन लिखा है क्या लाइन लिखी है और बिल्कुल सच्चाई की बात है भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन लगन ऐसी लगा लो, जैसी एक प्रेमी प्रेम के लिए लगन लगाती है। कुछ नहीं दिखता है रात में, जिस दिन ऐसी लगन लग जाएगी भगवान का मिलना बिल्कुल संभव है जैसी नाती बच्चा बहु परिवार में जैसी लगन लगाए हो रुपया जमीन जायदाद कमाने में जैसी लगन लगाए हो ऐसी लगन जिस दिन भगवान से लगा लोगे भगवान मिल जाएंगे भगवान के नाम पर जिस दिन तुम संसार में पागल घोषित हो जाओगे भगवान के भजन में जिस दिन संसार के लोग तुम्हें पागल घोषित कर देंगे घर के परिवार के मित्र मंडली सब भगवान का साक्षात्कार आपसे हो जाएगा पक्की मानो लेकिन भगवान के भजन के प्रति बेचैनी आ है सब है लाइन आई है आखिरी लाइन है भगवान और ये जो रचना है हमारे सम्मानित पुष्प जी की एक पुस्तक छपी है उसका नाम है उसकी आकर बातों में किताब का नाम है ये किताब ढूंढ लेना मिल जाएगी बहुत से भजन तो है उसमें आखिरी विनती है कि महाराज जाऊं सागर में तो मैं सागर तो अरे तुम आना पार लगाने को बड़ी अच्छी सोच है हट के सोच लिखिए है हम प्रयास करते हैं को कोई भजन ऐसा नहीं जिसमें कुछ नई बात नहीं हो बात तो वही है पुरानी भजन करो लेकिन लेखनी शब्द नए नई विचारधारा नए शब्द हो गर मर जाऊं मैं सागर तो तुम आना पार लगाने को और मैं भूल गया तो क्षमा करना तुम भूल न जाना आने महाराज अगर अंतिम समय मरते समय हम तुम्हें ना बुला पाए ना पुकार पाए तो ये गलती हमारी क्षमा करके आप आजाना लेने को वाह मैं भूल गया तो क्षमा करना तुम तो भूल न जाना आने को। अरे कब छूटेगा मैं क्या जानू कब छूटेगा मैं क्या छूटे जीवन पर धन का पता नहीं कब छूटेगा मैं क्या जानू धन का कुछ पता नहीं और ऐसे गीत इतने सुंदर गीत हम बार बार आपसे विनती करते हैं कि पवन कैसे टिट्टी पठा जब भी आपको परिवार में सुनने के लायक गीत तो हो जब भी माँ बहनों की फरमाइश होकर कोई अच्छो गीत निकालो अच्छा लोक गीत निकालो अच्छी विधा निकालो तो पवन कैसे और राम किशोर मुखिया सर्च करके निकालना पवन कैसे गठबंधन जोड़ा जब भी हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हो अथाई में बैठे हो दुकान में बैठे हो घर में बैठे हो जब भी अच्छे गीत की भजन कीर्तन लोकगीत की फरमाइश घर के लोग करें तो पवन कैसे सर्च कर लेना और आंख बंद करके किसी भी गीत पर उंगली दबा देना जो भी गीत किसी का भी आएगा चाहे हमारा चाहे किसी का सब गीत आएंगे। और बुंदेलखंड में एकमात्र पवित्र चैनल है साफ सुथरा चैनल है तो पवन कैसेट। और इसको साफ सुथरा बनाया है बुंदेलखंड की पूजनी जनता जनार्दन ने और जनता जनार्दन ने पवन कैसेट को और राम मुखिया की बकवास को जो स्वीकार किया है आपके चरणों में लाखों बार नमन है बंदन है सुना और ऐसे ही आशीर्वाद हमारे सम्मानी पुष्प भी कुमार सागर जी के लिए ऐसे ही आशीर्वाद ऐसे ही अच्छी अच्छी रचनाएं आप तक तो भेजते रहें कब छूटेगा मैं क्या जानू जीवन पर धन नहीं कल कल क्या होगा वो तुम जानो मुझको जीवन का, का पता नहीं मैं मेरा तुम्हारे चरणों में मुझको पूजन का पता